किधर जा रहा है अरे आज टैडी तो ले तू क्रश को टैडी देने जा रहा मेरे पे रुपया टेडी देता है टैडी रहा है। है अरे अरे अभी समझ ना पड़ता यार। तो तो दिखा। मेरे क्या बजट कम था रे और उसको नजर भी नहीं लगेगी ना